सब आई होप अच्छे ही होंगे मैं केपी पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों और मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं डेली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुका हूं और वहां पर किस तरीके से ये आर क्रॉस कर रही है वो आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें जो अभी फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और इस पर डेली मेरठ एक्सप्रेस वे पर ये क्रोध कर रही है दोस्तों सबसे पहली हमारे भारत में चलाई जाने वाली रैपिड रेल्स तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरठ के अंदर इस पर बर्क चल रहा है तेजी के साथ में और इधर मेरठ साउथ का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों मेरे पीछे और बहुत ही सुंदर ये डेली मेरठ एक्सप्रेस पे भी बनाया है दोस्तों और पहली बार हमारे देश में चलाई जाने वाली रैपिड रेल जो कि बने 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी दोस्तों और ये बयासी किलोमीटर का रूट है इस लाइन पर तो पहली बार यही बनाया जा रहा है और दूसरा बनाया जा रहा है दोस्तों दैली के फ्राईकाले कहाँ से अलवर जाएगा दूसरा रूट तो देख सकते हो तस्वीर है कि कितनी बेहतरीन यहां का नज़ारा आएगा इस ये देखो क्योंकि पीछे अभी बर्क चल रहा है ये देखो डेली मेरा एक्सप्रेस वे को इन्होंने क्रॉस कर दिया है रैपिड रेल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है और मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से तो देख सकते हो ये यहां पर इन्होंने जोड़ दिया है और अब इस पे टीम ये फ्लोरिंग का काम कर रही है जो कि इस पे कंग ये स्टील के गाटर द्वारा इसको जोड़ा गया है दोस्तों और उधर देख सकते हो वहां पर वो लॉन्चर उन्होंने लॉन्च कर दिया है ऊपर जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करेगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और जैसे ही उसके उधर जाएंगे तो वो मेरठ साउथ का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों और यहाँ से तो देख सकते हो ये नज़ारे कुछ ये हैं और इधर ये मेरठ सिटी के लिए चला जाता है दोस्तों यहाँ से सारे प्लर ये अभी दो प्लर बचे हुए हैं दो उधर के बचे हुए हैं इनको कनेक्ट कर देने के बाद में लॉन्चर उधर लगी गया है दो तीन दो प्लर अभी बीच में लगे हुए हैं बाकी तो सारे प्लर बन गए हैं अभी इन पर पीयर कैप का, का काम भी किया जाना है दोस्तों जब तक इनका फ्लोरिंग भी हो जाएगा और उसके बाद में फिर ये जब तक ये लॉन्चर वहाँ से इस्टार्ट हो जाएगा मेरठ साउथ के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 दोस्तों ये है डेहली मेराठ एक्सप्रेसवे और देख सकते हो ये रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो सारे पिलर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और इसको क्रॉस डेली मेराठ एक्सप्रेसवे को ये आर क्रॉस कर रही है दोस्तों ये देख सकते हो रैपिड रेल इसको क्रॉस करेगी तो यहाँ पर ये दो पिलर बनाए जा रहे हैं और दो पिलर इसके पीछे हैं क्योंकि ये रेलवे लाइन गुजर रही है यहाँ से तो ये देखो काम चल रहा है अभी इन्होंने सेटिंग लगा ये पिलर को ऊँचा किया जा रहा है और वहां पर देख सकते हैं ये टीम लगी हुई है जो काम कर रही है दोस्तों और उधर से उधर का नज़ारा दिखाते हैं आपको और देख सकते हो ये जा रही है इंडिया रेल में इसको भी क्रॉस करेगी दोस्तों रैपिड रेल तो दिखाते हैं उधर की साइड में चलकर आप सभी को पहले उस पर नज़ारे ले लें दोस्तों ये देखो तो कैप लगी हुई है वहाँ पर टीम यहाँ पर ये डैर कर रही है दोस्तों ये देख सकते हो और ये एल की टीम है जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही है वो है एल ये देखो ये पिलर अब जोड़े जा रहे हैं उस पर भी सेटरिंग लगी हुई है उन पर भी क्योंकि इनमें एक पिलर से तो दूसरे पिलर को ये कनेक्ट किया जाना है दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर और उस पर पियर कैप बनाया जा रहा है उस वाले पे बाकी तो ये सारे पिलर बन कंप्लीट से ही हो चुके हैं क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था तो उधर का भी पिलर बचा है वो दोनों पिलर बचे और उधर वो देख सकते हो पियर कैप बनाया जा रहा है तो इनको ड्रॉप करवाया जाएगा तो इनमें बीम डाला जाएगा दोनों के बीच में इस पिलर के और उस पिलर के बीच में बीम डाल दिया जाएगा फिर उसके ऊपर से बायोडक्ट बिछाया जाएगा दोस्तों तो यही सीन है यहाँ का देखो फाउंडेशन कितनी मजबूती के साथ में बनाते हैं ये ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो चुके दोस्तों देखो यही है सीन तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो इन्जॉय करो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो देखा आप सभी ने किस तरीके से ये रेलवे लाइन को रैपिड रेल क्रॉस करेगी दोस्तों और हम चलते हैं वापसी और आपको बता दूं कि ये राइट हैंड वाला ये है दोस्तों डेली मेरठ एक्सप्रेस पे इसको क्रॉस करेगी ये आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल दोस्तों जो हमारे भारत में पहली बार चलाई जा रही है देख सकते हो किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है देखो इसका बायोडक्ट ये जो स्टील के गाटर हैं ये रख दिए गए हैं एक्सप्रेस के ऊपर दोस्तों और इस पर अप फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा मेरठ साउथ का स्टेशन के उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों तो वो भी आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों सारे पिलर का पियर कैप बन चुका है दोस्तों और आप बता दूं कि ये लॉन्चर भी लॉन्च कर दिया है ऊपर जो कि एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट करता हुआ दोस्तों ये आगे जाएगा ये शताब्दी नगर की साइड में दोस्तों तो देख सकते हो सारे पिलर कनेक्ट कर दिए हैं अब इन पर बस गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद वे इस पर फ्लोरिंग का काम भी करते चले जा रहे हैं साथ के साथ में तो देख सकते हो किस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं और फिर उस पर फ्लोरिंग का वर्क ये स्टार्ट हो चुका है देख सकते हो तस्वीरें आप लोग और देख सकते हो ये मेरठ साउथ का स्टेशन जो कौन कोश लेवल है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है अब पे प्लेटफॉर्म लेवल पर काम चल रहा है तेजी के साथ में दोस्तों और ये है नीचे का पार्ट तस्वीरें आप लोग देखो तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये के संत द्वारा ये रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन आप सभी को कैसा लग रहा है दोस्तों अच्छा लगे तो हमें लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों और हमें नीचे कमेंट करके बताएं ऐसे ही मैं पर डे वीडियोस लाता रहता हूं आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों तो देख सकते हो ये सारे प्लर करेक्ट करे करे जा रहे हैं अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में देखो फ्लोडिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है तस्वीर आप लोग देख सकते हो और हम चल रहे हैं रिटेन मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों तो उससे पहले आपको बता दूँ जैसे ये बायोडक्ट खत्म होता है वैसे ही हमारे भारत की एक दूसरी डबल ये क्या नाम है डबल कंटेनर मालगाड़ी दौड़ेगी दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा और ये रेवाड़ी तक ये लाइन जाएगी और सिंगल लाइन ये ट्रैक बिछा हुआ है तो उसे भी आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के तो बने रहिए वीडियो के साथ में दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप सभी लोगों के बीच में पर लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता तो देख सकते हैं ये फिनिशिंग का काम चल रहा है इस पे ये यह बायोडक्ट जोड़ दिया है लॉन्चर ने अब इस पर क्या क्या वर्क चल रहा है वो आप लोगों को बता दूँ कि इस पर एक तो ट्रैक स्लैब इस पर डाले जा रहे हैं फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा इलेक्ट्रिकसिटी के खंभे लगाए जाने हैं दोस्तों उन पर ओवरहेड हेड लगा देने के बाद में फिर ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों क्योंकि ये लाइन आपको बता दो कि दोहाई से और ये मेरठ के बीच में सन दो में चलाई जानी है दोस्तों तो अभी काफ़ी टाइम है अभी दो साल का वक्त है अभी तो तेईस चल रही है तस्वीरें देख सकते हो सारा बायोडक्टिन क्लियर कर दिया है और आपको बता दूं कि दोस्तों यहां पर ये हाइट इसलिए देखने के लिए मिलेगी कि इंडियन रेलवे की डबल डैकर मालगाड़ी गुजरेगी यहां से हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर और रेवाड़ी तक जाएगी सिंगल लाइन बिछी हुई है दोस्तों तो देख सकते हो ये यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है डबल डैकर मालगाड़ी के लिए दोस्तों और इसके भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिए नहीं देखे आप लोगों ने तो माए बटन में लिंक दे दूँगा आप सभी को देख लेना